नमस्कार मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनांक 20 नवंबर के दैनिक राशिफल के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में दर्शकों प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देश ग्रामीण ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्राया गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतित तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जन्म राशि की प्रधानता देनी चाहिए राशिफल देखने में नाम राशि की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए बीस नवम्बर दो हजार दिन बुधवार रहेगा मार्च शीर्ष मास कृष्ण पक्ष की दर्श को अष्टमी तिथि रहेगी एक बजकर के छह मिनट तक की उसके उपरांत नौमी तिथि लग जाएगी विक्रम संवत दो हजार संवत 1941 संबत उन्नीस सौ इकतालीस नामक संबत्सर चल रहा है सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर तैंतीस मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर दस मिनट पर उपयुक्त पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है नक्षत्र रहेगा मघा आठ तक इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा कर रहेगा कौलव इसके उपरांत तैतल और अंतिम करण जो ये रहेगा गर करक, योग रहेगा रहेगा योग इंद्र इसके उपरांत योग रहेगा और बुधवार रहेगा तो उत्तर दिशा की ओर का होता है, उत्तर दिशा की ओर यदि आप उद्योग करने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इलायची का सेवन कर लीजिएगा सफेद तिल का सेवन कर लीजिएगा धनिया का सेवन कर सकते हैं पिस्ता का सेवन करके जल पी करके तब आप जो है उत्तर दिशा की ओर जाइए लेकिन उत्तर में डायरेक्ट मत चले जाइएगा पहले आपको दक्षिण दिशा की ओर चार पक चलना रहेगा इसके बाद आप को उत्तर दिशा की ओर जाना रहेगा दर्शकों अष्टमी तिथि के बारे, बारे में हमने कल आपको बताया था कि अष्टमी तिथि को नारियल नहीं खाना चाहिए इससे आपके बुद्धि का क्षय होता है नाश होता है उसी प्रकार से नवमी तिथि को जिसको कद्दू बोलते हैं तो कद्दू का सेवन नहीं करना चाहिए बहुत दोष पड़ता है शुभ समय की बात कर लेते हैं लेकिन उससे पहले चंद्रदेव का जो चलायमान रहेगा ये सिंह राशि में चंद्रमा चलायमान रहेंगे और सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चल रहे हैं आज का जो शुभ समय रहेगा दर्शकों ये शाम को पाँच बजकर उनचास मिनट से लेकर के सात बजकर बीस मिनट तक का रहेगा बहुत अच्छा समय है इसमें आप लोग अपने सारे अभीष्ट कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं दोपहर में यदि आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो एक बजकर अड़तीस मिनट से लेकर के दो बजकर बीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये दोपहर में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा राहुकाल की बात कर लेते हैं तो बुधवार के दिन का राहुकाल होगा ग्यारह मिनट से लेकर के एक मिनट तक का फटाफट दर्शकों आप लोग लाइक कीजिए और जो दो भाग्यशाली विजेता हमारे इस जो है एपिसोड के हैं इनके नामों की घोषणा भी इसमें करेंगे उनकी कुंडली का विश्लेषण करके उनके मार्ग में जो कठिनाई आ रही है उसको दूर करने के उपाय भी बताएंगे लेकिन आगे बने दर्शकों तो आप लोग भी दो वो भाग्यशाली विजेता हो सकते हैं नेक्स्ट डे के राशिफल के आपको करना क्या रहेगा इसी राशिफल के नीचे आपको अपना नाम अपनी डेट ऑफ बर्थ अपना बर्थ समय और बर्थ का स्थान इसके साथ साथ आपके जीवन में क्या परेशानी आ रही है इसको आप लिख करके कमेंट करिए और उसके बाद आप भूल जाइए फिर नेक्स्ट डे के राशिफल में आपको यदि यकीन है कि हाँ 100 परसेंट पंडित जी हमारा नाम लेंगे हम भाग्यशाली विजेता होंगे तो निश्चित ही वो भाग्यशाली विजेता आप होंगे क्योंकि तो दर्शकों देखिए वहाँ तमाम लोगों के कमेंट आते हैं लगभग सौ डेढ़ के करीब कमेंट आते हैं Uh, सबके कमेंट तो हम ले नहीं सकते हैं इसीलिए दो भाग्यशाली विजेता प्रतिदिन लेते हैं तो हमारी इस राशिफल में आप लोग प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े रहिए कुछ ना कुछ आपको रोचक जानकारी मिलती रहेगी तो चलिए दर्शकों राशिफल पर आगे बढ़ते हैं राशिफल में हमारी पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आज के दिन अधिक संवेदनहीनता प्रत्येक कार्यो में हानि करा सकती है अति सर्वत वर्जयित अति हर चीज की जो है बुरी होती है फिर चाहे वो रुपया पैसा हो फिर चाहे वो खाना हो फिर चाहे वो किसी के ऊपर जो है विश्वास ही क्यों ना हो आज आप हर किसी को शक की दृष्टि से देखेंगे जिससे मन में आपके हीन भावना जो है उत्पन्न होगी कुल मिलाकर के कहें तो आज, आज आप हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे कार्य व्यवसाय के साथ साथ गृहस्थ में भी संघर्ष अधिक रहेगा परिवार की शांति स्वार्थ के कारण आज भंग हो सकती है भाई बंधु आज अपनी बात मनवाने के लिए आपसे कोई जो है मतलब गलत व्यवहार करने से भी नहीं चूकेंगे परिवार में किसी के आकस्मिक बीमार पड़ने के कारण आज राशि के जातकों को भागा दौड़ करनी पड़ सकती है स्त्री वर्ग आज कुछ इमोशनल हो सकती है बचा सकते हैं। सरकारी अथवा अन्य कागजी कार्य बंद करके साइन मत करें किसी भी दस्तावेज पर सिग्नेचर करने से पूर्व एक बार जो है उसको अच्छे से जरूर पढ़ लें उपाय क्या करना रहेगा तो देखिये महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आज आप लोग जाप करिए और इलायची अपने जेब में सात अपने जेब में इलायची रखी और दिन भर में वो सातों इलायची आज, आज आपको खत्म करनी है शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन वृषभ राशि के जातक को आज का दिन आपके लिए धन लाभ कराएगा लाभ की उम्मीद प्रातःकाल से ही रहेगी लेकिन टलते टलते दोपहर तक इसमें आपको सफलता मिलेगी प्रातःकाल में कुछ दिनों से टल रहे कार्य को करने की जल्दी रहेगी मध्यान्ह का समय काम न होने से आराम में बीतेगा महिलाएं भी अब जो महिलाओं की जो कामना है वो पूर्ति होगी जिसके कारण उनका मन प्रसन्न रहेगा सामाजिक क्षेत्र पर वर्चस्व में कमी आने पर भी दिनचर्या आज सामान्य ही रहेगी नौकरी पेशा जा जो सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं किसी जटिल कार्य को लेकर के परेशान हो सकते हैं परंतु मिलने पर कार्य पूर्ण कर लेंगे दांपत्य जीवन में आज भी निरस्था ही अधिक रहने वाली है सामाजिक आयोजनों में आज आपका जाना जो है ये पुष्टपूर्ण हो सकता है टल सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए कोशिश कीजिएगा कि भैरव अष्टक का आप लोग पाठ करिए और घर से निकलने से पूर्व आज दही में थोड़ा सा आप लोग पिस्ता डाल लीजिए और उसको खा करके आपको निकलना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो जेमिनी मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जातकों आज के दिन आपका स्वभाव संतोष रहेगा आपके अंदर जो है संतोष की भावना ज़्यादा जागृत रहेगी घर एवं बाहर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेंगे कार्य क्षेत्र पर भी सुविधा अनुसार ही कार्य करेंगे कार्य विस्तार के मूड में आज बिल्कुल नहीं रहेंगे बीच बीच में अकारण ही क्रोध की स्थिति भी बनेगी फिर भी हालात ख़राब नहीं होने देंगे सरकारी कार्यों में ढील देना मिथुन राशि के जातकों के लिए हानिकारक रह सकता है प्रतिस्पर्धी भी आज आपकी मनोदशा देखकर जमकर फायदा उठाएंगे आज आपके मन में परोपकार की भावना प्रबल रहने से इन बातों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परिजन आपकी अधिक उदार वृद्धि का विरोध कर सकते हैं संतानें आज मनमानी जो है आपके साथ करेंगी आपके कहने के अनुसार नहीं चलेगी आर्थिक स्थिति आपकी मध्यम रहेगी आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ओम पता है ना नमा गणेश जी का बहुत ही अच्छा मंत्र है इस मंत्र का पाठ करिए और केतु स्त्रोत का आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार वहीं कर्क राशि के जातकों कैंसर आज के दिन आपके अंदर चंचलता अधिक रहेगी किसी भी बात पर ज़्यादा आज जो है देर तक आप लोग नहीं टिक सकते हैं आज आपके आस के लोगों को कुछ आपसे परेशानी हो सकती है साथ ही आपकी प्रतिष्ठा में कमी होती हुई दिखाई पड़ रही है कार्य क्षेत्र पर भी विचार निरंतर बदलते रहेंगे जिससे सही निर्णय नहीं ले पाएंगे लाभ के तमाम अवसर आपके हाथ में आएंगे लेकिन निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज मन को एकाग्र करके ही लाभ कमाया जा सकता है अध्यात्म में भी आज कमोबेश यही स्थिति बनी रहेगी मन कुल मिला करके आज आपका भटकेगा इधर उधर भटकाव की स्थिति रहेगी पारिवारिक वातावरण अधिक बोलने की प्रवृत्ति के कारण अस्तव्यस्त रहेगा घर के लोग आज आपकी बातों पर जल्दी यकीन नहीं करेंगे जीवन साथी के साथ कुछ आपकी नोकझोंक हो सकती है खर्च अधिक रहेगा उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज आप प्रयास करिए कि गणपतिया थर व का पाठ करिए साथ ही साथ यदि हो सके तो आज किसी हाथी को अगर मिल जाए तो गन्ना जरूर खिलाइए हाथी मिलना बहुत मुश्किल काम है हम जानते हैं लेकिन यदि हाथी नहीं मिलते हैं तो बंदरों को खिला सकते हैं गाय को खिला सकते हैं लेकिन आज गन्ने का सेवन जरूर कराइए इससे आपको श्री की प्राप्ति अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होगी दूसरा एक कार्य ये करिएगा कि आज भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइएगा और वहाँ पर जल में इलायची डाल दीजिएगा इलायची डालने के बाद नमह सिवाय मंत्र से अभिषेक करिए बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ सिंह राशि के बाद हम बताते हैं हमारे जो पहले भाग्यशाली विजेता हैं लेकिन सिंह राशि के जात को आज के दिन सम्मान की हानि की संभावना अधिक है प्रत्येक कार्य विशेषकर का सामाजिक क्षेत्र पर अत्यंत सावधानी बरतें किसी के कहे में आकर कोई अनैतिक कार्य ना करें कार्य व्यवसाय में भी आज प्रलोभन के अवसर आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे और आज आप लोग मतलब गलत माध्यमों से पैसा कमाएंगे लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है लेकिन भविष्य में इसका दुष्प्रभाव भी आपको मिलेगा व्यावसायिक क्षेत्र पर लाभ पाने के लिए व्यवहारिकता काम आपके आएगी इसलिए स्वभाव में थोड़ी सी सॉफ्टनेस रखिए नरमी रखिए तो बेहतर रहेगा विरोधी आज आपके प्रयासों को विफल कर सकते हैं जल्दबाजी में धन का निवेश ना करें ना ही किसी को आज आपको उधार देना है घर में यदि आप 15 से 20 मिनट मौन रह सकते हैं आधा घंटा मौन रह सकते हैं तो कई ऐसी टकरार होगी जिनसे आप बच सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप प्रयास करिए दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और आज के दिन ओम गंगा गणपत रहा मंत्र की एक माला का जाप सभी कार्यों में सिद्धि दिलाएगा सफलता दिलाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच तो हमारे जो पहले भाग्यशाली विजेता हैं ये हैं सुधांशु दुबे जी सुधांशु दुबे जी बेसिकली सिवान के हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त उन्नीस इनके जो बर्थ का समय है ये है प्रातः दस बजे का और सिवान का जन्म है इनका जो प्रश्न है कि इनकी इनको जॉब कब मिलेगी इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और जॉब किस लाइन में मिलेगी तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन सुधांशु सु जी आपने पूछ लिए हैं लेकिन फिर भी चलिए हम आपको बताए दे रहे हैं सुधांशु सु जी जो आपकी कुंडली है ये कन्या लग्न की कुंडली है और जो आपकी राशि बनती है आ, ये राशि बनती है आपकी हाँ धनु राशि आपकी बनती है लग्नेश बुद्ध द्वादश भाव में जीरो अंश पर बैठे हुए हैं सबसे पहले तो आपका लग्न और लग्नेश दोनों कुंडली में वीक है क्योंकि बुद्ध यहाँ पर लग्नेश के साथ साथ कर्मेश भी है अतः सबसे पहले तो अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करिए एक पन्ना आप पहन सकते हैं क्योंकि सब डिविजनल चार्ज में बुद्ध की स्थिति काफ़ी अच्छी है तो एक आप पन्ना पहनिए और अच्छी क्वालिटी का पहनिए है, राइट हैंड की लिटिल फिंगर अनामिका उंगली में पहनिए गोल्ड में बनवा करके दूसरा आपने पूछा जॉब आपको किस लाइन में मिलेगी तो जॉब में बेसिकली आप एमबीए करके किसी मैनेजमेंट सेक्टर में आप काम कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में आप काम कर सकते हैं आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं वकील हो सकते हैं सरकारी क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं तो ये सब लाइने आपके लिए बेस्ट रहेगी आर्थिक स्थिति की जो आपने बात पूछी है तो जो आपके क्या कहते हैं एकादश इलेवेंथ और सेकेंड हाउस के लॉर्ड हैं ये अच्छी स्थिति में नहीं हैं चंद्रमा भी काफ़ी कमज़ोर स्थिति में हैं और जो सेकेंड हाउस के लॉर्ड हैं ये भी यहाँ पर अस्त हो चुके हैं तो धन संबंधी प्रॉब्लम आपके साथ जीवन भर रहेगी पैसा तो आएगा लेकिन उसका आप स्वयं उपभोग जल्दी नहीं कर पाएंगे किसी दूसरे के काम में वो लगेगा पैसा अच्छा रहे इसके लिए आपको क्या करना रहेगा तो देखिए प्रयास करिए साल में आप दो बार रुद्राभिषेक करवाइए अनार के रस से इससे आपको धन लाभ बहुत अच्छा मिलेगा दूसरा एक प्रयोग हम आपको बता रहे हैं प्रतिदिन यदि हो सके तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करिए इससे आपके पास धन के कोष हमेशा खुले रहेंगे देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये विश्लेषण पसंद आया होगा तो कम से कम एक बार आप लोग धन्यवाद तो बोल दिया करिए अगली राशि आती है कन्या राशि कन्या राशि के जातको आज के दिन भी लाभ हानि बराबर रहेगी किसी के ऊपर आवश्यकता से अधिक निर्भर रहना हानि करा सकता है कार्य व्यवसाय में आज किसी से धोखा मिलने की संभावना है इसलिए सितारे सलाह दे रहे हैं कि आप सतर्क रहिए व्यवसाय आशा के विपरीत रहेगा फिर भी बीच बीच में थोड़ा बहुत धन प्राप्त होने से कार्य चलते रहेंगे आलस्य एवं लापरवाही के कारण कार्यों में विलम्ब होने से आज कुछ उच्चाधिकारियों की आपको जो है कोप का भंजन डाट डपट सुननी पड़ सकती है आज आपका मन कार्य करते हुए भी कहीं और दूसरी दुनिया में आप लोग खोए रहेंगे जिससे आपके कार्य बिगड़ सकते हैं आज अधिक धैर्य का परिचय दीजिएगा क्रोध के भी कई प्रसंग बनेंगे जो संबंधों में कटुता लाएंगे घर की शांति आज आपकी अचानक भंग हो सकती है वाहन पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए प्रयास करिए सबसे पहले तो घर से निकलते समय आज आप लोग सुंदर कांड का पाठ करें तो बेटर रहेगा या सुंदर कांड नहीं पढ़ सकते तो विष्णु सहस का आप लोग पाठ जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ तुला राशि लिब्रा क्या कुछ कहते हैं आज के सितारे लेकिन दर्शकों यदि आप भी चाहते हैं आप भाग्यशाली विजेता हो तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए और अपनी जो प्रश्न हैं आपकी जो समस्याएं हैं उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए नेक्स्ट डे के राशिफल में हम आपके जो है इस कमेंट को शामिल करेंगे तुला राशि के जब आज का दिन सरकारी कार्यों के लिए विशेष लाभदायक रहेगा किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता अथवा रुके हुए कार्य आज आपके अवश्य ही आगे बढ़ेंगे व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा कम रहने से लाभ की संभावना अधिक रहेगी आज आसपास पड़ोसियों से बैर विरोध आपका मिटेगा लेकिन अभिमानी स्वभाव रहेगा आज आप किसी से भी मधुरवाड़ी द्वारा आसानी से काम निकाल सकेंगे अधिकारी वर्ग आज आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाएंगे मध्याह्न के समय आकस्मिक यात्रा से थोड़ी थकान रहेगी पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा संतानें आज आपकी प्रगति करेंगे लेकिन फिर भी सितारे सलाह दे रहे हैं कि उनके ऊपर आप लोग अपनी पैनी नजर जरूर रखें उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि राहु स्त्रोत का पाठ करना रहेगा मछलियों को आज आटे की गोली आपको खिलाना रहेगा ओम राम राहु रमा मंत्र की कम से कम आज आप लोग जो है पांच माला तो जरूर करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जातकों आज आर्थिक विषयों को लेकर नई समस्याएं बनेंगी जिनका समाधान होने में समय लगेगा कार्य क्षेत्र पर उदासीनता रहने से धन की आमद कम रहेगी नौकरी पेशा जा अथवा महिलाएँ मनोकामना पूर्ति ना होने से जो है अन मन से कार्य करेंगे मतलब उनका मन नहीं लगेगा किसी कार्य में आज बीमारियों पर खर्च होने के अधिक योग दिखाई पड़ रहे हैं शारीरिक समस्याएं दोपहर के बाद से प्रबल रहेंगी आज अधिक मसाले वाले भोजन अथवा बाहर के खानपान से आपको परहेज करना चाहिए विद्यार्थी वर्ग को आज कठिन परिश्रम का उचित परिणाम नहीं मिलने से मन में हतोत्साहित होंगे दुख होगा किसी से धन संबंधी बातें ना करें फिजूल खर्च पर भी नियंत्रण रखें घर में थोड़ी खींचताग होने पर भी स्थिति आज नियंत्रण रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि दुर्गा जी के 32 नामों का आज एक पाठ आप लोग कर लीजिए कार्यक्षेत्र पर निकलने से फूल इलायची का सेवन करके निकलिए और दिशा का विशेष ध्यान रखिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो सेजिटेरियस जी हाँ धनुराशि क्या कहते हैं आज के आपके सितारे धनुराशि के जात को आज का दिन थोड़ा उठा वाला रहेगा सेहत प्रातःकाल से ही नरम रहेगी मन अकारण ही अशांत रहेगा भावुकता भी आज आपके स्वभाव में अधिक रहेगी जिससे अन्य लोग आपकी भावनाओं का गलत लाभ उठा सकते हैं आज किसी के ऊपर जल्दी विश्वास करना हानिकाराएगा सावधान रहे धन संबंधी व्यवहार देख कर, जो है धन संबंधित व्यवहार देखभाल कर ही और कोई भी धन यदि आप देते हैं तो ट्रांजेक्शन में आ दीजिएगा किसी को कैश में मत दीजिएगा व्यवसाय आज आशा के अनुकूल नहीं रहेगा परंतु खर्च अधिक रहने से आर्थिक संतुलन प्रभावित होगा गृहस्थ में भी आज आपका धन अधिक खर्च होगा और आज का दिन आपको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह मिल सकता है जीवन साथी के साथ किसी मनोरंजक स्थान पर घूमने फिरने के लिए आज आप लोग जा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो दुर्गा चालीसा का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छप्टिकॉन मकर राशि और इसके बाद हम बताएंगे जो हमारे दूसरे भाग्यशाली विजेता है मकर राशि के जात को आज के दिन आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं कार्यों में आज सफलता मिलने से आपका मन में उत्साह बढ़ेगा आज भाग्य का साथ देने से अटके हुए कार्य पूरे होंगे धन की आमद जो रुक रुक कर होती थी आज आपके पास कैश का फ्लो रहेगा पारिवारिक सदस्यों की कार्य क्षेत्र पर भी सहायता मिलेगी परंतु सरकारी कार्य में कुछ बाधा आने की संभावना है लेकिन किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से इससे भी आप पार कर लेंगे नौकरी पेशा जातकों को आज कुछ अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है इसका लाभ भी आज आपको शीघ्र मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपके घर में अचानक से किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है आज जीवनसाथी के साथ आपके प्रेम संबंध निकटता जो है बनी रहेगी संतानें आज आपकी आज आज्ञा का पालन करेंगी और आज आप लोग संतान पक्ष को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको कोशिश ये करनी रहेगी कि गणेश चालीसा का आप लोग पाठ करिए भगवान गणपति को आज आप लोग को हरे रंग का कोई वस्त्र अंग वस्त्र जरूर जो है समर्पित करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन तो हमारे जो दूसरे भाग्यशाली विजेता हैं इनका नाम है सोनल मेहता जी देखिए सोनल मेहता जी कानपुर के हैं और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है दो बारह उन्नीस इनका जो प्रश्न है दर्शकों इन्होंने प्रश्न पूछा है कि ससुराल से अच्छा करने के बाद भी इनको अपयसी मिलता है ससुराल में इनको मान सम्मान जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है तो आइए इनकी कुंडली देख लेते हैं तो सोनल जी आपकी जो कुंडली है वृश्चिक लग्न की कुंडली है और आपकी जो राशि बनती है ये बनती है धनुराशि देखिए बेसिकली आपने जो बताया ससुराल से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं तो आपकी सास से हमें लगता है कि आपका संबंध ज़्यादा खराब है आ, सास के लिए देखिए दर्शकों कुंडली में कभी भी देखिएगा तो टेंथ हाउस देखिएगा टेंथ हाउस से सासू माँ का विचार होता है तो यहाँ पर जो टेंथ हाउस के लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं सूर्य सूर्य आपके जो है लग्न में सूर्य मंगल का पराक्रम योग बना रहे हैं तो सास के कहने के अनुसार उनकी बिटिया चलेगी आपके पति पत्नी के रिलेशन भी देखिए अच्छे नहीं रहेंगे और शनि और राहु का दोष आपके कर्म के स्थान पर बना हुआ है तो कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड अपने नहीं होंगे दूसरा आप कुछ भी करेंगे उसमें अपयस मिलेगा तो ऐसा देखिए नहीं है ये आपकी एक सोच है कि अप्यस मिलता है इस सोच से आपको बाहर आने की ज़रूरत है उपाय हम आपको बताए दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं इन उपायों को यदि आप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा देखिए सबसे पहले करना क्या रहेगा तो ससुराल पक्ष में आप जिससे भी परेशान हैं एक शहद की आपको शीशी लेनी है थोड़ी सी जो है मतलब बड़ी शीशी लीजिएगा एक भोजपत्र लेना है और शनिवार वाले दिन आपको करना क्या रहेगा काले पेन से आप स्केच पेन ले सकते हैं परमानेंट मार्कर ले सकते हैं उनका नाम लिखना है जिनसे भी आपको परेशानी है और उनका गोत्र लिखना है साथ ही यदि इनकी कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो वो भी ले लीजिएगा उसमें रख के बंद करके डिप कर दीजिए और उसको किसी अंधेरे कमरे में रखाइए यकीन मानिए यदि आप ये उपाय करते हैं तो तीन महीने के भीतर ही आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे दूसरा आपको उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए सबसे पहले आपको सूर्यदेव को जल देना रहेगा और आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पीक पर रखना है बहुत हाई रखना है आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देते हैं तो कैसे कैसे कार्य चलेगा तो सूर्य देव को डेली अर्घ्य दीजिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये विश्लेषण पसंद आया होगा और फटाफट आप इसको लाइक कीजिए बहुत अधिक कुछ जानना है तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं कुंभ राशि के जातकों आज के दिन आपका मुख्य लक्ष्य अधिक धन कमाना होगा फिर चाहे वो जैसे साम दाम भेद, जैसे हो आप उसको कमाएंगे व्यवसायिक कार्य भी निर्बाध रूप से आज चलते रहेंगे आय के एक से अधिक साधन बनने से व्यस्तता आज अधिक रहेगी आज कुछ आपको शारीरिक और मानसिक समस्या भी जो है आ सकती हैं धन लाभ आशा के अनुरूप होगा परंतु अंतिम समय में व्यवधान भी आएंगे कार्य पर अधीनस्थों पर नजर रखें लापरवाही जो है उनकी नुकसान आपको कराएगी नौकरी पेशा जा बेहतर कार्य के लिए आज पदोन्नत हो सकते हैं घरेलू वातावरण शंका के कारण कुछ खराब हो सकता है स्त्री वर्ग से आज आपकी नाराजगी जाहिर रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए कोशिश कीजिएगा केतु के मंत्रों का यथासंभव जाप करिए और धूमावती देवी का आज आपको स्रोत पढ़ना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि तो मीन राशि के जातकों आज के दिन आप जोड़ तोड़ की नीति अपनाएंगे कार्य पर भी किसी समझौता करना पड़ सकता है एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में निवेश हानि करा सकता है इसके विपरीत भागीदारी के व्यवसाय में लाभ की संभावना आज अधिक रहेगी आर्थिक कारणों से किसी से झगड़ा भी हो सकता है शांत व्यवहार से काम चलाएं स्वभाव में कामुकता आज आपके अधिक रहेगी विपरीत लिंग के प्रति आज जल्दी आकर्षित आप लोग हो जाएंगे सतर्क रहिएगा अन्यथा किसी जो है मतलब बड़ी हानि को आप लोग दावत दे रहे हैं गृहस्थ जीवन में सुख के साधनों पर अधिक खर्च होगा स्त्रियों को आज संतान सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा उपाय पर करना क्या रहेगा तो विष्णु सहस नाम का पाठ करिए नारायण कवच का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा, रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए ये नौ? तो कैसा लगा हमारा और उम्मीद करते हैं हमारा यह राशिफल आपको पसंद आया होगा वार्षिक राशिफल दो हमारे चैनल पर पड़ चुका है अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जाकर के देख सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार ओम गंगा गणपत नम